तो आइए आज जानते हैं हाइड्रोलिक प्रेस पे अगर गोली को रखेंगे तो क्या होगा जैसे कि इस बैटरी को यहाँ रखा है एक्स्ट्रा वाली ये टूट गई इसका चकना चूर बन चुका है चलिए तो अब गोली की बारी आई है और ये थोड़ी सी चल रही है और पाँच हज़ार किलो में ही ये